हेलो दोस्तों पान कार्ड को लेकर मैं तो उड़िया में वीडियो ऑलरेडी बहुत सारा दे चुका हूँ अभी बारी आया है हिंदी में देने के लिए क्योंकि हिंदी में जो लोग रहता है वहाँ बाहर विदेश में रहता है वो हिंदी उड़िया को समझ नहीं पा रही है इसलिए मैं हिंदी में देता हूँ कल मैं दूँगी आपके जितने भी सारे हिंदी भाषा में जाना चाहते हैं समझना चाहते हैं अप्लाई करना चाह चाह रही और नहीं कर पा रही है और आपका कोई वीडियो नहीं मिल रहा है ऐसे आपको और सब कुछ आपको डिटेल्स आपको दे पाए इसलिए मैं वीडियो कल दूंगी और आपके पास जिस चीज़ को भी वीडियो ऑलरेडी जा रहा है आप प्लीज़ एक लाइक शेयर करके रखो क्योंकि मैं जितने भी सारे वीडियो पान के रिलेटेड हूँ मैं आपके कल अपलोड करना चाहता हूँ इस होटल पर अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा ये सोच तो आपको एक लाइक करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ हर मुश्किल में आपका साथ देना है चाहे ये क्लब हो या दुनिया में जैसे जैसे काम चल रहा है देश भर में चल रहा है ये सब काम आपको मेरी तरफ से करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ हर मुश्किल में आपको साथ देता हूँ अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ कोई भी मदद कर सकता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये काम करके रहूँगा और ये हिंदुस्तान हमारा है और मैं किसी को कोई भी काम तकलीफ़ होने से मैं नहीं दे सकता हूँ इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो कल मिलेंगे मैं नया वीडियो के साथ तब तक तो पहले जय हिंद जय भारत